को भाई का उनका मेंबर यार पर हमारे गुरु भाई बहुत ही दिल का अच्छा आदमी इनको पहले सब्सक्राइब करो बेल आइकन बेल सेट करो अरे वो तो, तो कम्युनिटी बहुत ज्यादा आ रहा है नाम चेंज कर ले जीजी लगा ले अरे मर अरे 2 मिनट रुक जाओ नाम चेंज कर अब दाजी फ्री भेट ले लियो करण भाई फ्री नहीं दिवसा सिटी कीती लेजा रुक जाओ आगे यूट्यूबर नवे नॉयल मारा गुलाव धन्यवाद मकती है ये के वाला मार दे बंद कर फोन उसको ना फोन उसको ए दुका बाबा तोला ले रे विली ए मल्ला देखियो अन वाला इमोट करो एक बार स्वैग येने मेला डेडिट फोन कौन बोल रहा है